काट रही ले दोस्तों दुनिया में पागलों की कोई कमी नहीं है और शायद कुछ तो आपके आसपास भी रहते होंगे क्या बोला सोरीहार मजाक कर रहा हूँ मुझे पता है आप एक संस्कारी सोसाइटी का हिस्सा है तो चलिए शुरू करते हैं नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम। मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए यार यूनिक फोटो लेने के लिए लोग क्या? जैसे यह बंदा इस तालाब को समुद्र की तरह दर्शाने के लिए यहाँ पर फोटो शूट करने के लिए आ गया बारे, बारे, बारे। बारे। <laughs> लेकिन लगता है की आज इंस्टा पर इसकी फोटो की जगह रील अपलोड होगी सही बगड़े हैं अब मिलिए इन भाई साहब से। बाई बाई, गया। तभी इनके पिछवाड़े में कीड़ा काट जाता है और रोड से सलाम करते करते यह गले ही मिल लेते हैं ए, उठा ले रे रहे उठा ले रे बाबा दोस्तों कुछ लोग एक दो स्टंट क्या सीख जाते हैं फिर तो वह अपने आप को तीस मार्क समझने लग जाते हैं। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया हैं